कभी झूठ भी बोला कभी तो अबू सुफियान ने छड़ी उठा के दोबारा जमीन पे रखी करने लगे मैं मानता नहीं कलमा नहीं पढ़ता अभी मुसलमान नहीं थे लेकिन वो मेरे भतीजे हैं मेरे सामने सैदाम रदी अल्लाह तहा की गोद में वो खेले मैंने उन्हें चचा के घर में भी देखा और दादा के कंधों पर भी देखा गोया मैंने उन्हें सैदा खतीजा का दूल्हा बने भी देखा और उनकी गोद में बेटियों को खेलते भी देखा मेरे सामने उनके बाल सफ़ेद हुए लेकिन मुझे कसम है उस महबूब की जुबान से जब भी निकला आक और सांच निकला मैं बस बात खत्म करने लगा हूं आपने तो है सच और हमेशा जो तेरी जान के दुश्मन हैं वो भी कहते हैं अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है नबी सलाम ने सच कभी कभी ना अच्छा हमें सच बोलने का शौक पड़ा है वैसे लेकिन दूसरों के बारे में सामने वाले के बारे में सच बोलते हैं अपने बारे में बोले ये तो जिम्मेदारी नहीं कि दूसरे की सच्ची बातें निकाल निकाल के आपने लानी आप अपनी सच्ची बातें बयान करें क्या क्या, क्या कमजोरियाँ कहाँ कहाँ गलतियाँ सच बोलें ध्यानदारी का मुजाह करें रिस्क आपको तसल्ली वो वाला देगा जो लुकमा हलाल होगा जिसमें आप मेजिश होगी वो पेट में चला तो जाएगा ताकत नहीं बनेगा वो बेकरारी बनेगा वो बेसकून कोई भी चीज़ जो इजाफी इजाफी तो एक ये दांत में कोई इजाफी चीज़ कभी लग जाए तो सुकून नहीं लेने देती इजाफी होती है ना वो अपनी नहीं होती वो निकालनी पड़ती है। जो चीज़ इजाफी आ जाती है ना वो बंदे को बड़ा बेसकून करती है। इसलिए जो जायज़ चीज़ें हैं हमारा हक है उसके अलावा जो है भी आएगी वो टेंशन देगी लोग कहेंगे पता नहीं क्यों बोर हो रहा हूँ लोग इमाम शाफई से एक शख्स ने कहा मेरा अफजा बड़ा कमज़ोर है तो आम लोग तो दलेर नहीं ना होते बातें नहीं बता सकते वजीफा बता देते हैं ये पढ़ा करो ठीक हो जाएगा उसने कहा हजूर मेरा हाफजा बड़ा कमजोर है तो इमाम करने लगे गुना छोड़ दे कसरत गुना हाफजे को कमजोर कर देते हैं। सच्ची बात कर दी खोल के तो सच कभी कभी ना अगर हम सच बोलें तो वक्ती मुश्किल भी आती है वक्ती तौर पर मुश्किल भी होती हैं हदरत वो भई बिनकाब कहते हैं मैं कुछ कमज़ोरी रह गई सुस्ती हो गई जा नहीं सका था नबी पाक के साथ हजरत का बिन मालिक जंग तबूक में मैं जा नहीं सका था सुस्ती हो गई फरमाते मैं हुजूर जब वापस आए तो जो मुनाफिकीन थे उन्होंने झूठ बोले हुजूर ये मजबूरी थी ये मजबूरी थी हुजूर खमोश हो गए मैंने अर्ज़ की या रसूल्ला भूल गया था सुस्ती हो गई ख्याल था कल पहुँच जाऊँगा परसों चला जाऊँगा लेकिन वह सुस्ती होगा सच बोला पचास दिन हुजूर नाराज रहे एक शख्स भी मदीने में मुझसे कलाम नहीं करता था, लेकिन फरमाते हैं पता है अगरचे मुझे वक्ती तकलीफ हुई पर फिर मेरे सच की मुझे जजाज ये मिली कि अल्लाह ने कुरान में मेरी तौबा का जिक्र फरमाया उनकी तौबा अब दिलावत होती है तो सच बोलें ध्यान तीन बातें मैंने अर्ज की या फिर दोहराता हूँ एक तो कोशिश करें मिजाज किसी को तकलीफ ना दें हमारी तबीयतें बोझ बनती हैं उससे लोग आजमाइश में आ जाते हैं दूसरी बात किसी की कोई खिदमत हो सकती है किसी का कोई भला हो सकता है मोमिन का वजूद नफा बख्श होता है कोशिश करें किसी का कितना को भला कर सकते हैं अगर खुद गर्ज बनेंगे ना अपना ही घर बनाएँगे अपनी जात पे सोचेंगे तो खुद गर्ज हो जाएँगे कुछ किसी के लिए कर गुज़रें कुछ कर दें नाम रहता है मेरे अजसा फरमाया करते थे कि अगर अपना बच्चा नहीं ना पढ़ता तो किसी गरीब का बच्चा पढ़ा दो उस पे पैसे खर्च कर दो वो कुछ कर जाओ ना जिंदगी में वो मतलब अपना बच्चा अगर नहीं भी पढ़ता न तो उस पर अधारों लगाने और एक बच्चा बेचारा ऐसा है जिसके पास फीस ही नहीं है पढ़ ही नहीं पा रहा तीसरी बात ये अर्ज़ की आपकी खिदत में ज़िंदगी सच्चाई वाली गुजारे पता है दुनिया में रिश्ते अतमाद से कायम होते हैं हमारे यहाँ ना झूठ आम हो गया झूठ बोलते हैं बेटे के हक में झूठ बोलते हैं बेटी वालों को सच नहीं बताते इसी तरह बेटी वाले भी अक्सर सच नहीं बताते वो जब राज खोलते हैं तो एतम टूटता है अब मियाँ बीवी का रिश्ता इसने कायम ही एतमाद से रहना था लेकिन जब उसकी बुनियाद झूठ पे है वो फिर एतमाद नहीं रहता हम अपनी ज़िंदगी अगर हमारे उस्ताद साहब थे तो पता ऐलान कर रहे थे रमज़ान के आखिरी जुमे में मैं पढ़ता था उस वक़्त उनने ऐलान किया ईद की नमाज का कहने लगे नौ बजे आ जाना सारे मैं मुनासब वक्त पे जमात खड़ी करा दूंगा मैंने बाद में अर्ज की हजूर यह क्या ऐलान हुआ नौ बजे आ जाना कहने लगे, अगर मैं कहता ना नौ बजे जमात खड़ी करूंगा तो मेम्बर पे बैठा था है मस्जिद है नौ बज के एक मिनट भी तो हो सकता है ना डर तो लगता है ना हमारे हाजी अबूदा उसमत के हाँ जब इजतमाही कुर्बानी का इश्तेहार छपता था ना सब ने लिखा होता है फीसा इतना उन्होंने नीचे लिखा होता था, था कमी बेशी बता दी जाएगी वो कहते थे सेम इसी कीमत का पूरा जानवर 100 फीसद खरीदना कई दफा मुमकिन है भाई कोई जानवर 40 का मिलता है कोई अल्लाह आपको जजाद अल्लाह ताला तब मेरे अजीज तो कोशिश करें ज़िंदगी में झूठ ना हो बदती ना हो ये हमें हमारे रसूल ने दिया है और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है